स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एम टू नॉलेज में तो प्यारे भ्यार्थियों आ चुके हैं हम एक नई बी राजस्थान जीके की नई वीडियो के साथ तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बी या दोस्तों अन्य एग्जामों में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो कि लगभग हर एग्ज़ाम में हर बार पूछे गए हैं चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं है हाड़ौती क्षेत्र में अत्यंत उमंग व उत्साह से मनाये जाने वाला त्यौहार है साथियों क्षेत्र में अत्यंत उमंग एवं उत्साह से जाने वाला त्यौहार कौन सा है ऑप्शन दशहरा भैया दूज राखी गणगौर जल्दी उत्तर कमेंट करिए साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दशहरा हड़ौती क्षेत्र में अत्यंत उमंग व उत्साह के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार है दूसरा प्रश्न है राजस्थान राज्य में ज्योतिर्लिंग घुसमेश्वर का मेला लगता है ऑप्शन सिवाडी सिवाड़ डिग्गी दुलेब बताएं साथियों आपको मेला कहां लगता है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिवाड़ में ज्योतिर्लिंग घुसमेश्वर का मेला लगता है तीसरा प्रश्न है लोक देवता मल्लिनाथ जी का मुख्य मंदिर है लोक देवता मल्लिनाथ जी का मुख्य मंदिर कहाँ है ऑप्शन रामदेवरा गोगामेडी, कोलायत, तिलवाड़ा तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तिलवाड़ा में लोक देवता मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर स्थित है तीन चौथा प्रश्न है भीलों में विवाह के समय लड़के के पक्ष की ओर से लड़की को दी जाने वाली रकम है ऑप्शन जापे नतारा दहेज दापा। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी दापा जो भीलों में वह विवाह के समय लड़के के पक्ष की ओर से लड़की को जो दी जाने वाली रकम है उसे दापा कहते हैं पांचवा प्रश्न प्रसिद्ध कैला देवी मेला कहां आयोजित होता है प्रसिद्ध कैला देवी मेला कहां आयोजित होता है बताना है साथ आपको ऑप्शन सवाई माधोपुर, धौलपुर करौली हिंडौन तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करौली में प्रसिद्ध कैला देवी मेला आयोजित होता है ठीक है ना दोस्तों छठवा प्रश्न है राजस्थान राज्य में मारवाड़ी क्षेत्र में शीतलाष्टमी के दिन मनाए जाने वाले त्यौहार का नाम है राजस्थान में शीतलाष्टमी के दिन मनाए जाने वाला त्यौहार का नाम है ऑप्शन गुड़ला वसंत महोत्सव गोगा गोगानवमी अनंत चतुर्दर्शी इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुड़ला राजस्थान राज्य में मारवाड़ी क्षेत्र में शीतलाष्टमी के दिन गुड़ला त्योहार मनाया जाता है सातवां प्रश्न है राजस्थान राज्य में गोगा जी का मेला कहां लगता है राजस्थान राज्य में गोगा जी का मेला कहां लगता है ऑप्शन ओसिया में गोगामेडी में भैनेश्वर में रामदेवरा में सही उत्तर है ऑप्शन बी गोगा मेडी में गोगा जी का मेला लगता है आठवा प्रश्न है नौहर तहसील में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है बाणगंगा मेला चार भुजा मेला गोगा जी का मेला शीतला माता का मेला जल्दी कमेंट करिए साथियों सही उत्तर है ऑप्शन सी गोगा जी का मेला नौहर तहसील नोहर तहसील में लगता है नोहर तहसील में साथियों गोगाजी का मेला लगता है नया प्रश्न है राजस्थान राज्य में ओशिया में अवशेष पाए गए हैं राजस्थान राज्य में ओशिया में अवशेष पाए गए हैं ऑप्शन बौद्ध विहार के सौ के ऊपर जैन वे ब्राह्मण मंदिरों के विष्णु मंदिरों के साही महलों के साथियों आपको बताना है कि ओशिया में अवशेष किसके पाए गए हैं तो सही उत्तर है ऑप्शन बी सौ के ऊपर जैन व ब्राह्मण मंदिरों के अवशेष ओशिया में पाए गए हैं दसवा प्रश्न है राज्य में राजस्थान राज्य में दिलवाड़ा मंदिर किस जिले में है राजस्थान राज्य में साथियों दिलवाड़ा मंदिर किस जिले में है करौली उदयपुर सिरोई बूंदी तो सही उत्तर है ऑप्शन सी सिरोई में राजस्थान राज्य में दलवाड़ा मंदिर है ग्यारहवा प्रश्न है राजस्थान राज्य में रानी सती का मेला कहाँ लगता है जो दोस्तों रानी सती का मेला है वो कहाँ लगता है बताना है आपको जयपुर जोधपुर कोटा झुंझुनू तो सही उत्तर है ऑप्शन डी झुंझुनू में रानी सती का मेला लगता है बारवा प्रश्न है राजस्थान राज्य में गनगौर पर स्त्रियां कौन सा नृत्य करती हैं राजस्थान में प्यारा भर्तीयों पर स्त्रियां कौन सा नृत्य करती हैं घूमर वालर पणिहारी नेजा तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान राज्य में जो गनगौर पर स्त्रियाँ नृत्य करती हैं उसे घूमर नृत्य कहते हैं ऑप्शन ए तेरह प्रश्न है दोसा सवाई माधोपुर क्षेत्र में कौन सा ख्याल ख्याल प्रसिद्ध है सवाई माधोपुर क्षेत्र में साथियों कौन सा ख्याल प्रसिद्ध है अमर सिंह रो हेला रूठी रानी रो और पद्मनी रो तो सही उत्तर है ऑप्शन बी हेला नामक ख्याल अभ्यर्थियों दौसा माधोपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है चौथा प्रश्न है राजस्थान राज्य में मांगलिक अवसरों पर किए जाने वाला नृत्य है राजस्थान राज्य में मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है भवई नृत्य तेरताली नृत्य घूमर नृत्य गैर नृत्य जल्दी उत्तर कमेंट करिए साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी घूमर नृत्य राजस्थान राज्य में मांगलिक अवसरों पर किए जाने वाला नृत्य है तो प्यारे भारतीयों आपका आखिरी एवं पंद्रहवा प्रश्न है अग्नि नृत्य का संबंध है अग्नि नृत्य का संबंध किससे बताना है साथियों आपको दादू पंथियों का बिस्नोई समाज का जसनाथ संप्रदाय का नाथ संप्रदाय का तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जसनाथ संप्रदाय का संबंध अग्नि नृत्य से है दोस्तों तो जो अग्नि नृत्य का संबंध है वो जसनाथ संप्रदाय से है ठीक है ना साथियों तो प्यारे अभ्यार्थियों आज का वीडियो बस यहीं तक यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों यदि आपने हमारे बेल आइकन को यदि अभी तक नहीं प्रेस किया है तो कृपा करके उसके प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो छोड़ें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी एक इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद